छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर का अनोखा अंदाज उस समय देखने को मिला जब वे अचानक साइकिल चलाते हुए शहर में प्रशासन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने निकल पड़े बिना लाभ लश्कर के कलेक्टर ने साइकिल से शहर का भ्रमण किया और लोगों की समस्याओं को जाना कलेक्टर संदीप जीआर सुबह सुबह पहले महुबा रोड पहुंचे। उसके बाद अतिक्रमण अभियान में भेदभाव को लेकर प्रशासन की कार्रवाई देखने गए और अतिक्रमण की जानकारी लोगो ऐसी ली इसके बाद शहर की सफाई व्यवस्था को देखा इस दौरान प्रशासन और नगरपालिका के अधिकारियों को कलेक्टर के राउंड पर निकलने की जानकारी लग गई तो नगर पालिका सीएमओ भी कलेक्टर को जानकारी देने पहुंच गए इसके बाद कलेक्टर साइकिल चलाते हुए जिला अस्पताल पहुंचे और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली जहाँ कमी देखने पर कार्रवाई की बात करते हुए जल्द व्यवस्था सुधारने की बात भी कही व्यवस्था सुधारने के लिए हम कॉन्स्टेंटली सुपरविजन करेंगे तो चेंजेस जो है वो उसको समय लगता है और जो समय लगते चेंजेस वो पर्मनेंट नेचर के रहते हैं तो हमारा कॉन्स्टेंटली हमारा यहाँ पे एक तरीके से विजिट्स रहती है ताकि कोई लोगों को परेशानी ना हो या उनका अगर कोई इशूज़ हो तो सॉट आउट करने के लिए रूटीन तरीके के इंस्पेक्शंस रहते हैं एंड ये हमारा रूटीन का काम रहता है इसमें व्यवस्था सुधारने की ये कोशिश है